नमस्ते चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कोरोनास के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है इसमें कहा गया है आप घर बैठे आप कोरोना का टेस्ट खुद से ही कर सकते हैं आईसीएमआर ने इस किट को मंजूरी दे दी तथा यह स्पष्ट भी किया कि अब जिसमें कोरोना के सिस्टम्स होंगे या जो पर्सन कोरोना के व्यक्ति के संपर्क में आए हैं उनके लिए किट उपलब्ध होगा तो चलिए इस विशेष डिटेल को हम जानते हैं और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और अपने मित्र साथीगण को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति को यह जानकारी मिल जाए ध्यान देख सकते हैं अब घर पर होगी कोरोना की जाँच होम टेस्टिंग किट को मंजूर यहाँ देख सकते हैं आई ने कोरोना की होम टेस्टिंग किट को भी सेल्फ को मंजूरी दे दी है इससे घर में खुद से कोविड नाइन्टीन संक्रमण की जांच कर सकते हैं यह एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है किट को लेकर आई ने यह साफ कर दिया कि यह टेस्टिंग सिर्फ सिमटोमेटिक मरीजों के लिए है वे लोग भी इस किट से कोरोना जाँच कर सकते हैं जो हाल ही में किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं आई ने स्पष्ट कर दिया जो व्यक्ति कोरोना के संपर्क में आए हैं जिनके सिस्टम हैं उनके लिए उपलब्ध होगा यहाँ देख सकते हैं कैसे काम करेगा कोविशेल्फ किट का ऐसे करें इस्तेमाल चलिए देखते हैं खुद की जांच के लिए माई लाइव कोविशेल्फ ऐप का डाउनलोड करें ऐप में आपको देनी होगी टेस्ट की जानकारी अनिवार्य है या प्रक्रिया किट का इस्तेमाल सिर्फ नाक के लिए स्वाब के सैंपल के लिए होगा किट का इस्तेमाल ऐप या पैकेट पर दी गई जानकारी के हिसाब से ही करें यानी ऐप पर आपको जानकारी देनी होगी कि यहाँ देख सकते हैं ऐप में आपको देनी होगी टेस्ट की जानकारी कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव आपका टेस्ट निकला है कौन कर सकते हैं टेस्ट ऐसे लोग जिनमें कोविड नाइन्टीन के लक्षण हैं दूसरे वे वे किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे अगले हफ्ते से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध कर दिया जाएगा यानी जो मेडिकल इस्टोर होंगे उनके दुकान पे उपलब्ध कर दिया जाएगा किट को ऑनलाइन ख़रीदने का भी होगा ऑप्शन यानी जैसे आप कपड़ा ख़रीदते हैं सूज खरीदते हैं बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं ऑनलाइन वैसे ही आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं टेस्ट किट को पंद्रह मिनट में रिजल्ट ये दे देगा ढाई सौ रुपये प्रति किट की कीमत होगी नई मल्टीप्लेक्स आर किट का विराजन है यहाँ देख सकते हैं देश में कोविड 19 के विभिन्न म्यूटेंस स्ट्रेन का पता लगाने की वाली एक नई मल्टीप्लेक्स आरटीपीसीआर किट विराजन विकसित की गई है इस किट में कोविड 19 का पता लगाने के मामले में संतानवे पॉइंट थ्री परसेंट संवेदनशीलता व हंड्रेड परसेंट विशिष्टता है सिप्ला ने यू बायो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स के साथ मिलकर इस किट को तैयार किया है ब्लैक फंगस को लेकर एम्स ने जारी की नई गाइडलाइन यानी अभी आपके देख सकते हैं बहुत सारे राज्यों में ब्लैंक फंगस के मरीज़ आ रहे हैं आप देख सकते हैं उसके विषय में दिया गया एम्स ने बताया ये लक्षण यानी नाक से ब्लैक डिस्चार्ज या खून बहाना नाक बंद होना सिर दर्द या आंखों में दर्द आंखों के चारों ओर सूजन दोहरी दृष्टि आंखों का लाल होना दृष्टि की हानि आँख बंद करने में कठिनाई आँखों आँखें ना खोल पाना चेहरे का सुन हो जाना ये सभी लक्षण दिखाई दे सकते हैं ऐसे लक्षण दिखाई देने पे आप डॉक्टरों के से सलाह लें उसके बाद उपचार करें दूरी बनाकर के रहें मास्क का प्रयोग करें अपने और अपने परिवार का देखभाल करें यही सबका जिम्मेदारी और धर्म है धन्यवाद